प्रिय दर्शकों नमस्कार स्वागत है भाग विश्लेषण के इस कार्यक्रम में और राशिफल का हमारा ये जो कार्यक्रम रहेगा इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि मकर राशि कैप्रिकॉन ये मई माह कैसा जाएगा मई माह का राशिफल कैप्रिकॉन के लिए कैसा रहेगा इस माह में कौन कौन से दिवस आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे कौन कौन से दिवस आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगे उन पर भी चर्चा करेंगे साथ ही अक्षय अच्छा तृतीया पढ़ रही इससे रिलेटेड हम आपको विशेष दिव्य प्रयोग बताएंगे और हाँ उपाय भी आपको बताते चलेंगे कि मई माह को कैसे प्रभावी बनाएं दर्शकों इस माह तमाम व्रत एवं त्यौहार पर हैं उस पर भी हम दृष्टि डालेंगे लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहेंगे कि 20 से 26 मई तक गुजरात में हमारा जो है आगमन है तो इच्छुक दर्शक जो भी गुजरात से हैं और विशेषकर अहमदाबाद सूरत या द्वारिका से हैं तो अगर उसके आसपास के भी क्षेत्र से हैं तो आप लोग मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं क्योंकि जहाँ समस्या है वहीं पर समाधान है तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और मई माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं। तो एक तारीख एक मई दिन बुधवार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस रहेगा दो तारीख दो मई गुरुवार प्रदोष व्रत चार मई शनिवार दिन बैसाख अमावस्या इसको दस अमावस्या भी बोलते हैं और सात मई दिन मंगलवार अक्षय तृतीया जिसका क्षय ना हो तो पर, भगवान परशुराम जी की जयंती भी इस दिन पड़ती है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी जयंती पड़ती है 9 मई गुरुवार दिन शंकराचार्य जयंती सूर्यदास जी की जयंती 11 मई शनिवार दिन गंगा सप्तमी रहेगा 13 तारीख सोमवार दिन सीता नवमी रहेगा और 15 तारीख बुधवार दिन मोहनी एकादशी जी हाँ बहुत अच्छी एकादशी मानी जाती है और भगवान विष्णु जो है ये मोहनी रूप में आए थे देव और दानों के बीच जो विभाजन हुआ था अमृत का उसके लिए ये एकादशी विशेषकर जानी जाती है और इसी दिन देखिए वृषभ संक्रांति भी है यह सूर्य का जो गोचर रहेगा उच्च के चल रहे हैं लेकिन ये मेष से निकल कर के वृषभ राशि में आ जाएंगे 16 मई गुरुवार दिन प्रदोष व्रत 17 मई शुक्रवार दिन नर्सिंग जयंती 17 मई शनिवार बैसाख पूर्णिमा या बुध पूर्णिमा 19 मई रविवार जो दिन रहेगा नारद जयंती रहेगी इसके साथ साथ 30 तारीख को जो है 30 मई को अपरा एकादशी वहीं 26 मई को भानु सप्तमी और 31 तारीख शुक्रवार दिन अंतिम दिवस प्रदोष व्रत और विश्व तम्बाकू निषेध दिवस रहेगा तो मकर राशि के जातको इस सप्ताह के प्रथम में आपको कार्यों में असफलता मिलेगी इससे आपके मन में तमाम हताशा आएगी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएंगे विभिन्न माध्यमों तथा कारणों से आपको हानि होगी कोई आपको अपना सगा या कोई बहुत विश्वसनीय आपको चीटिंग करता हुआ दिखेगा भूमि भवन के कार्यों में असफलता मिलेगी आपके अधिकार में यदि आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब में एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह आपको मिला है तो इस माह वो आपसे ले लिया जाएगा तो पद प्रभुता और अधिकार में कुछ कमी आएगी प्रथम सप्ताह में स्थायी संपत्ति की हानि होगी कोई भी पेपर वर्क करने से पहले अच्छे से आप लोग कागज़ पढ़ लीजिएगा तब करिएगा आर्थिक संतुलन वहीं बिगड़ता हुआ जो है नजर आ रहा है मातृतुल्य महिलाओं से मन मुटाव होगा माता तुल्य महिलाओं से संतान के प्रति आपकी चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी अनुचित इच्छाओं तथा आकांक्षाओं से आपके मन में बहुत निगेटिव विचार बनेंगे वहीं सात मई से पंद्रह मई तक आए के नए नए साधन खुलेंगे जिससे मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा बड़ा प्रफुल्लित रहेगा तमाम बहुमूल्य वस्तु का आपको लाभ होगा कोई नया वाहन कोई नया मकान क्रय करते हुए नजर आएंगे कार्यों में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा आनंद उत्सव रहेंगे और रोगों से आपको छुटकारा प्राप्त होता हुआ दिख रहा है कोर्ट कचहरी के मामलों में इस दौरान आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखेगी आपके विवादों का जिनसे भी ऑफिस में बात विवाद चला रहा है उनका अंत होता हुआ दिख रहा है आपके स्वभाव के जिद के कारण हठी रवैये के कारण आप कुछ अपने बड़े प्रोजेक्ट अपने हाथ से मिस करते हुए भी दिख रहे हैं 15 मई से 18 मई तक की जो स्थिति रहेगी इससे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का ह्रास होगा स्वयं तथा संतान का स्वास्थ्य विपरीत रूप से प्रभावित होगा विरोधी पक्ष जो हैं ये प्रबल सिद्ध होंगे और प्रशासनिक तो अधिकारियों से आपके बाद विवाद होते हुए दिख रहे हैं यात्राओं में दुर्घटना का भय बना रहेगा दर्शकों 18 मई के बाद का समय देखिए अच्छा नहीं है क्योंकि मंगल भी जो है ये राहु के साथ मिथुन राशि में अंगारक दोष बना रहे हैं तो 18 मई से मास तक आकस्मिक रूप से किसी से झगड़े झंझट आपसे होगा इससे आपको बच के रहना रहेगा मानसिक तथा शारीरिक कष्ट जो है 25 तारीख के बाद से ये समाप्त होता हुआ दिख रहा है जीवन साथी तथा संतान का उत्तम सहयोग आपको प्राप्त होगा कोई पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा योजनाबद्ध तरीकों से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें भी आप सफल हो सकते हैं आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं और अविवाहित लोगों को कोई विवाह का प्रस्ताव भी मिलता हुआ नजर आएगा इस दौरान आपका पराक्रम बहुत बढ़ा हुआ रहेगा किसी के आगे आप झुकेंगे नहीं वहीं पर किसी को आपको उधार नहीं देना रहेगा इस माह पूरे माह आपको उधार नहीं देना चलिए तो दर्शकों आपके लिए जो शुभ तारीख रहेगी इसको आप लोग रिमाइंडर में लगा लीजिएगा तो एक मई तीन मई आठ मई दस मई चौदह मई सोलह मई तीस मई ये जो दिवस रहेगा ये आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा इस दौरान आप शुभ कर सकते हैं और हां सात मई भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगी प्रतिकूल दिवस में चलते हैं तो पाँच मई बारह मई अट्ठारह मई इक्कीस मई तेईस मई पच्चीस मई अट्ठाईस मई ये आपके लिए प्रतिकूल रहेगा इस दौरान आप लोग बिल्कुल अपने रिमाइंडर पे लगा लीजिए कि डेंजर तो जान जाइए बहुत ज़्यादा मत बोलिएगा किसी दूसरों के झगड़ों में मत पड़िएगा अब चलते हैं आपके शुभ कलर की ओर कि आपके लिए कौन सा रंग सबसे ज़्यादा सर्वथा उपयुक्त रहेगा इस माह तो आपके लिए ब्लू कलर नीला रंग आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा ब्लैक कलर आपके लिए अच्छा रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर बहुत अच्छा रहेगा इन कलर का प्रयोग करके आप अपने भाग्य को और प्रबल कर सकते हैं अशुभ कलर की ओर चलते हैं जिन कलर का आपको प्रयोग ऐसे कलर को शुभ अशुभ नहीं होते हैं लेकिन इन कलर के प्रयोग का वर्जित है आप लोगों के लिए इसमें तो आप लोगों को रेड कलर से वाइट करना है आप लोगों को येलो कलर को एवाइट करना है पिंक कलर को वाइट करना है और कहीं कहीं मामलों में आप लोगों को ब्लैक कलर को भी देखिए अवाइट करना ब्लैक आपके लिए शुभ भी है अशुभ भी है लेकिन सैटलडे को आप ब्लैक कलर का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन ब्लैक को बहुत ज्यादा आपने उसमें मत लाइएगा व्हाइट को लाइएगा वो आपके लिए शुभ रहेगा तो ये तो था शुभ और अशुभ कलर अब चलते हैं उपाय की ओर और, और अच्छे तृतीया से जुड़ा हुआ एक हम आप लोगों को प्रयोग बता रहे हैं इस प्रयोग को आपको करना रहेगा एक आपको रेड कलर का कपड़ा लेना है रेशम का कपड़ा हो तो बहुत अच्छा रहेगा उसमें एक अष्टलक्ष्मी यंत्र आता है आप लोग पंसारी पूजा पाठ की दुकान पर ले लीजिएगा उस यंत्र को रखिएगा और लक्ष्मी पूजन में अपने जो लक्ष्मी पूजन करते हैं उस दौरान रखिएगा जो भी पूजा पाठ करते हैं तो अष्टलक्ष्मी यंत्र रखना है आपको उसमें जो है सात फूलदार लौंग रखने हैं सात इलायची रखने हैं और आपको उसमें दर्शकों एक छोटा सा अनार रखना रहेगा छोटा सा एक अनार रख लीजिएगा और फिर इन पोटली को आपको अच्छे से बांध लेना है लक्ष्मी पूजन के बाद इस पोटली को बांधिए और धन रखने के स्थान पर आपको रखना रहेगा और प्रतिदिन इसको धूप बत्ती दीपक वगैरह दिखाते रहिए एक पाठ श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का आप लोग अवश्य करिए ये प्रयोग करिए क्रिया करिए बहुत अच्छा रहेगा अनार का क्या करना है अब आप लोग पूछेंगे तो अनार को आप लोग अच्छे तृतीया के जो है एक दो दिन बाद जो भी समय जैसे मंगल को पड़ रहा है तो शुक्रवार को पूजन करने के बाद वो अनार निकाल लीजिएगा बाकी सामग्री वैसे रख दीजिएगा और उस अनार को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं ठीक ये आप लोग प्रयोग करिएगा अब एक प्रयोग हम आपको और बताते हैं इस पूरे माह को शुभ बनाने के लिए आप लोग भगवान भोलेनाथ का प्रतिदिन रुद्राष्टक का जो पाठ होता है उससे शमी पत्र लीजिएगा शिवलिंग पर आपको चढ़ाना रहेगा और दूध से रुद्राष्टक का पाठ है नमामि शमी निर्वाण रूपम इस पाठ से आपको जो है शिवलिंग पर अभिषेक करना रहेगा तरुपराग शुद्ध जल से करना रहेगा रुद्राष्टक के पाठ से गूगल से आप लोग ले लीजिएगा बहुत अधिक अगर आपको जानना है तो आप लोग हमारे फेसबुक के पेज है उसको आप लोग लाइक कर सकते हैं उस पेज पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगे ये प्रयोग करना रहेगा दूसरा एक प्रयोग ये करना रहेगा कि बृहस्पतिवार वाले दिन पीपल के पौधे में आपको जल में एक चुटकी हल्दी और थोड़ी सी चने की दाल डाल के अर्पण करना रहेगा पीपल के वृक्ष में सोमवार वाले दिन जल का दान आपको करना रहेगा किसी को आप पानी पिलाइए बहुत अच्छा रहेगा पूर्णिमा का व्रत आप लोग रहिएगा उपवास रहिएगा पूर्णिमा वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि आपके जो है शरीर में नमक ना जाए आपके इवन ब्लड में नमक ना भूले हमारे जो उपाय रहते बहुत वैज्ञानिक रहते हैं तो ये सब आप लोग प्रयोग करिएगा आपका जो है दिन पूरा जो है माह बहुत अच्छा जाएगा और हाँ आप लोग यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो 20 से 26 मई गुजरात आ रहे हैं वहाँ पर आप लोग मिल कर के विश्लेषण करवा सकते हैं दर्शकों इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हाँ कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन जरूर लगाइए दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार